हेलो दोस्तों आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के केस पर क्यों राहुल गांधी को डिफार्मेशन किया गया है राहुल गांधी पर लगे पर लगे आरोपों और उनको क्यों किया गया कन्विक्ट एक डिफॉर्मेशन में तो इस विषय पर आज समझेंगे कि डिफॉर्मेशन केस होता क्या है तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं की डिफॉर्मेशन केस होता क्या है और डिफॉर्मेशन केस किस सीनरियो में लगाया जाता है कितनी सजा होती है बेसिकली क्रिमिनल डिफॉर्मेशन एक तरीके का कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें कि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा चलाया जाता है किसी दूसरे संस्था या व्यक्ति पर यदि किसी प्रकार का झूठे बयानबाजी दिया गया हो और उससे किसी व्यक्ति या संस्था का नुकसान होता है डिफर्मेशन उस समय होता है जब किसी व्यक्ति की छवि को खराब करने या किसी संस्था की छवि को खराब करने के लिए किसी तरीके का गलत बयानबाजी की जाती है उस शीनरियों में डिफर्मेशन केस सामने वाले व्यक्ति जिसने झूठी बयानबाजी की है उस पर लगाया जाता है अब प्रश्न उठता है कि राहुल गांधी ने किस व्यक्ति पर या संस्था पर गलत बयानबाजी की है जिससे उन पर डिफर्मेशन का केस हुआ है समझते हैं कि दरअसल पॉलिटिक्स के इस खेल में यह बहुत पुरानी राजनीति है एक नेता दूसरे नेता पर कीचड़ उछालना और फिर हाल ही में राहुल गांधी पर डिफर्मेशन केस लगाया गया राहुल गांधी पर डाला गया एक केस पहली बार नहीं हो रहा है यह सिलसिला शुरू हुआ सन 2015 में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने, ने नेशनल हेरिटेज करप्शन के लिए राहुल गांधी पर उनकी मां सोनिया गांधी पर केस किया था उसके बाद सन 2016 में जब राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि महात्मा गांधी का कत्व आरएसएस द्वारा प्रभावित था तब एक आर कर्मी ने राहुल गांधी आरोप डिफर्मेशन का केस दर्ज कराया था उसके बाद फिर सन 2019 में राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि बेंगलुरु जर्नलिस्ट गौरी गणेश को बीजेपी या आरएसएस ने मिलकर कत्ल किया है उसके बाद फिर राहुल गांधी पर डिफार्मेशन का केस दर्ज कराया गया था और फिर आखिरकार 2019 में राहुल गांधी ने एक और बयान दिया कि सारे चोरों का मित्र मोदी ही क्यों होता है राहुल गांधी का इस बयान पर बहुत सारे डिफॉर्मेशन केस दर्ज हुए और उनमें से एक बीजेपी एमएलए बीजेपी एमएलए एल मोदी का केस गुजरात कोर्ट में साबित हो गया गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को कन्विट घोषित किया और राहुल गांधी को पार्लियामेंट से डिस्कालीफाइड भी किया गया एक तरफ कांग्रेस और ओपोजिशन के नेता जब एक कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने से रोका जा रहा है उनके खिलाफ षडयंत्र रचा जा रहा है दूसरी तरफ बीजेपी के लोग एक कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक वर्ग के लोगों को खेस पहुँचाया है और इसलिए केस दर्ज कराया गया है जैसे कि हमने पहले ही कहा है ये बात 2019 की लोकसभा इलेक्शन की है जब राहुल गांधी कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें कि ललित मोदी नीरो मोदी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने चोर का उपमा दिया तब हुई जब राहुल गांधी ने अपने भाषण में डिमोनेटाइजेशन के तरफ इशारा करते हुए कहा की पैतीस करोड़ रूपए आम जनता के जेब से निकालकर कर मोदी के जेब में डाल दिया गया और नीरव मोदी ललित मोदी इन सब चोरों के नाम में मोदी मोदी मोदी कैसे हैं। राहुल गांधी के इसी बयान पर आई पी सी सेक्शन फोर और 500 के अंतर्गत केस दर्ज कराया गया एक केस बीजेपी के कार्यकर्ता पुरनेश मोदी ने फाइल की है लेकिन क्यों क्यों पूर्णेश मोदी ने एक केस दर्ज कराया जबकि राहुल गांधी के बयान में इनका नाम नाम नाम नहीं नहीं है, है बल्कि जिनका नाम था उन्होंने कोई कम्प्लेन नहीं की। लेकिन जाहिर सी बात है, किसी आदमी के नाम से उन्हें बदनाम करने करते हो तो शायद वो आदमी बदनाम होता है जबकि अगर कोई आप किसी आदमी के उपनाम, जाति वर्ग या सर इत्यादि पर आरोप लगाते हो तो एक संप्रदाय को बदनाम करते हो जिसमें कई सारे लोग होते हैं। अब आते हैं कि आईपीसी सेक्शन 499 और 500 पर जो डिफॉर्मेशन के संबंधित धाराएं हैं आईपीसी 499 सी ये तय करता है कि डिफॉर्मेशन हुई है कि नहीं और यदि डिफॉर्मेशन हुई है तो सिविल डिफॉर्मेशन है या फिर क्रिमिनल डिफॉर्मेशन है और आई पी तय करती है कि गुनाहगार को क्या और कितनी सजा दी जाएगी गुजरात कोर्ट ने आखिरकार राहुल गांधी को गुनाहगार्लियामेंट में इनकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा बल्कि उनको कड़ी ऐसी कड़ी सजा दी जाएगी ये कहा कोर्ट ने आई पी एस सी सेक्शन फाइव जीरो के तहत राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा दी गयी और इसलिए उनको पार्लियामेंट से किया गया ये थी पूरी स्टोरी राहुल गांधी के डिफर्मेशन केस की और क्यों राहुल गांधी को डिसक्वालीफाई किया गया पार्लियामेंट से आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें जय हिंद